नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुजराती चेस चैनल गुजराती चेस जोन में मैं धर्मेंद्र मुजिद्रा आपके सामने आज बेहतरीन कुछ ऐसी एंड गेम्स दिखाने वाला हूं जो बेसिक और एक्सपर्ट लेवल के प्लेयर को भी आनी चाहिए तो यहां पे हम आज का टॉपिक है स्पेशली एंड गेम तो एंड गेम यानी बहुत सारे रूल्स होते हैं एंड गेम खेलने के लिए चेस तीन पार्ट में खेली जाती है दोस्तों ओपनिंग गेम मिडल गेम और एंड गेम तो ओपनिंग आप लोग बहुत सारे YouTube में से अलग अलग वीडियोज़ और मेरे भी चैनल में बहुत सारे ओपनिंग के वीडियोज़ में डाउनलोड करता हूँ तो उसमें से आप अच्छी तरह ओपनिंग सीख सकते हैं मिडल गेम के भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं आप वो भी देख सकते हैं और मिडल गेम के बाद में लास्ट में आती है एंड गेम तो सबसे शुरुआत आपको एंड गेम सीखने से करनी चाहिए क्योंकि एंड गेम अगर आप सीख जाओगे तो एंड गेम के हिसाब से ही मिडल गेम और ओपनिंग में आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो दोस्तों तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी एंड गेम दिखाने वाला हूं कि जिससे बेसिक और एक्सपर्ट लेवल को भी बहुत काम में आएगी तो शुरू करते यहाँ पर एंड गेम तो सबसे पहले अपोजिशन दोस्तों यहाँ पर अपोजिशन यानी किंग और किंग के बीच में जब एक स्टेप का डिस्टेंस रहता है तब उसे अपोजिशन कहते हैं जैसे कि ये जो अपोजिशन है आपके सामने ये है वर्टिकल अपोजिशन और वर्टिकल अपोजिशन यानी स्टैंडिंग लाइन दोस्तों मोस्टली वर्टिकल अपोजिशन ड्रॉ के लिए काम में आती है अगर आपके पास कोई पॉन बचा नहीं है और आपको गेम ड्रॉ करनी है तो आपको वर्टिकल अपोजिशन का रूल्स पता होना चाहिए और अगर आपके पास वो एक्स्ट्रा पॉन है और आपको गेम विन करनी है तो आपको यहाँ पे स्लीपिंग अपोजिशन मतलब हॉरिजॉन्टल अपोजिशन का रूल पता होना चाहिए तो देखिए ये दोस्तों वर्टिकल अपोजिशन है यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे हमारे पास वाइट पीसेस है और हम सामने वाले के पास ब्लैक एक पॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पर आपको किंग को कब कैसे चलना है ये ख़ास ध्यान रखना है सबसे पहले हम खेलेंगे किंग डी ब्लैक रिप्लाई देगा किंग ई अब जब भी सामने वाला किंग पॉन के साइड में मतलब स्लिपिंग लाइन में बिल्कुल उसके बाजू में आता है तब आपका किंग उसके सामने खेलना है बिल्कुल वर्टिकल में जैसे वो चेक देगा किंग d5 अब उसे ये पॉन सेव करना है तो किंग d7 कंपलसरी मूव है अब फिर से आपको पॉन के लाइन में नीचे आना है वर्टिकल में ही याद ये रखना है कि किंग अगर इस साइड आता है पौन के बाजू में तब आपका किंग उसके सामने आएगा जैसे ये चैक दिया किंग बैक साइड और फिर वापस से और इसी तरह आपको ये पोजिशन लास्ट में स्टेलमेट करके देगी जैसे फिर वापस किंग नीचे किंग सी फोर किंग सी टू चैक किंग डी टू किंग डी फोर यहाँ पे गलती कर दी तो आप लॉस हो जाओगे जैसे कि यहाँ पे फोर्स मू आपको किंग डी वन खेलना है अगर इसके बजाय आपने किंग सी वन या फिर ईवन कर दिया तो सामने वाले को स्लिपिंग अपोजिशन मिल सकती है और वो जीत जाएगा यहाँ पे आपको किंग डीवन ही खेलना है ध्यान रखो किंग डीवन के बाद वो किंग अगर इस साइड आता है तो किंग सी अगर सामने वाला किंग थ्री पे आता है तो आपका किंग आएगा ईवन चेक किंग डीवन और फाइनली इसके किंग को d3 पे आना होगा और ये हो जाएगी स्टेलमेट और आप गेम ड्रॉ कर सकते हो तो ये है वर्टिकल अपोजिशन की पोजिशन ऐसे ही अगर आपके पास एक्स्ट्रा पॉन है तो स्लिपिंग अपोजिशन आपको ले लेनी है स्लिपिंग अपोजिशन के लिए आपका किंग पौन से ऊपर होना चाहिए जैसे कि यहाँ पे अगर व्हाइट का टर्न है तो गेम ड्रॉ होगी लेकिन ब्लैक का टर्न है तो वाइट को अपोजिशन मिल जाएगी जैसे कि किंग डी तो आपको किंग फोर्स करना है अगर वो किंग स्लिप चलता है तो आपका किंग अपोजिशन में स्लिपिंग में चलाना है ये ध्यान रखो सामने नहीं लेना है वरना ड्रॉ हो जाएगी तो स्लिपिंग में आपका किंग होना चाहिए जैसे कि किंग इधर आता है तो फिर से आप फोर्स करो और जब आपका किंग सिक्स रैंक पर आ जाए तब आपको पौन चलाना है टू स्टैप किंग डी एट वन स्टैप किंग एट और इसके बाद किंग सी और अब ये तीनों स्क्वायर आपके कंट्रोल में है और आप आसानी से क्वीन बना सकते हो तो दोस्तों ये थी वर्टिकल अपोजिशन की पोजिशन और आपको समझ आ गया होगा कि वर्टिकल होता है तो गेम ड्रॉ होती है और स्लीपिंग अपोजिशन होती है तो गेम विन होती है कौन के साथ में चलिए कुछ ऐसे एंड गेम देखते हैं जिसमें बिशअप और रूख के साथ वर्सिस बिशअ और सिर्फ रुक गेम भी ड्रॉ होती है अगर आपको सही जगह पे किंग ले जाना आना चाहिए यहाँ पे हम देखते हैं वाइट के पास अगर रुक है और ब्लैक के पास बिशप बचा है तो ब्लैक का किंग कौन से कॉर्नर में होना चाहिए तो आपको खास ये याद रखना है कि ब्लैक का किंग आएगा कि आपके पास जो कलर का बिसअप है उसके अपोजिट कलर के कॉर्नर में आपका किंग होना चाहिए मतलब कि आपका किंग इस कॉर्नर में होना चाहिए वाइट स्क्वेयर में क्योंकि आपके पास डार्क स्क्वेयर का बिसअप है आप बिसअ को ऐसे ले जाएंगे और फिर ये दो जगह पे आप बिसअप चला के ड्रॉ कर सकते हो वाइट कभी भी इसे चेकमेंट नहीं कर सकता जैसे कि उसने सेवन्थ रैंक कंट्रोल कर दिया है और उसका किंग सपोज आपके बिशअप और किंग के पास में है फिर भी गेम ड्रॉ ही होगी क्योंकि ये किंग बिसअ पे अटैक नहीं कर पाएगा और जब भी वो नजदीक आएगा तो फिर गेम स्टेलमेट होगी अगर उसने यहाँ पे चेक दिया तो आप बिसअ इंटरपोज करोगे फिर उसका किंग मूव करेगा तो स्टेलमेट हो जाएगी तो ये पोजिशन आपको लानी है अगर आपके पास अकेला बिसअ बच जाता है तो रुक के सामने आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो इसके बारे में मैंने बताया है तो खास ध्यान करके आप इसकी प्रैक्टिस भी घर में करके देख लेना ये गेम ऑलवेज ड्रॉ होती है बुक ड्रॉ कही जाती है लेकिन ड्रॉ करना आना चाहिए करेक्ट कॉर्नर स्क्वायर में आपका किंग होना चाहिए तो चलिए दूसरे एंड गेम देखते हैं सेवन्थ रैंक में अगर रुक वाला पौन है आपके पास सेवन्थ रैंक में अगर रुक वाला पौन है तो और आपके पास साथ में एक नाइट भी है जैसे कि बैक साइड से वो सपोर्ट करता है लेकिन आप अपने किंग को वो कंट्रोल किए हैं और अपोनेंट का किंग दूर है फिर भी ये पोजिशन में आप मुझे बता सकते हैं कि गेम विन है या ड्रॉ है तो दोस्तों ये गेम ऑलवेज ड्रॉ होगी ऑलवेज ड्रॉ जैसे कि आप हम यहाँ पर खेल के देख सकते हैं कि वाइट किंग एच ब्लैक किंग नजदीक लाएगा और ऐसे ऐसे वाइट किंग कॉर्नर छोड़ेगा नहीं फाइनली जब किंग नजदीक आएगा और और नदी आने की कोशिश करेगा तो गेम स्टेलमेट हो जाएगी तो ये यहाँ भी आ ही नहीं सकता उसे घूम फिर के इधर आना होगा तो भी गेम ड्रॉ ही होगी आप कैसे भी खेलो तो ये पोजिशन आपके सामने ये ड्रॉ है तो दोस्तों नाइट और रुक वाला पोन अगर सेवन्थ रैंक में है नाइट भले ही पीछे से सपोर्ट करता है तो भी गेम ड्रॉ होती है हाँ अगर यही पोन एक स्टेप आगे होता और नाइट उसे पीछे से सपोर्ट करता है तो ये गेम विन है सेवन्थ रैंक पे नहीं है सिक्स रैंक पे पॉन है तो ऑलवेज विनिंग है ये ध्यान रखो दोस्तों यहाँ पे कैसे विन होता है हम देखते हैं खेल के तो यहाँ पे किंग बी सिक्स किंग फिर किंग एफ जैसे किंग नदी आता है तो यहाँ पे स्टेल की पोजिशन नहीं आएगी क्योंकि हमने पॉन सेवन्थ पे नहीं रखा है किंग अगर इधर आता है तो किंग यहाँ पे किंग इधर आता है तो यहाँ पे नाइट खेलेंगे वेटिंग मुँह में जैसे ही किंग जीवन आता है एच टू चेक अगर किंग कॉर्नर में जाएगा तो नाइट चेक मेट हो जाएगी और किंग बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आप क्वीन प्रमोट करके फिर उस जगह पे आराम से जीत सकते हो तो दोस्तों ये भी याद रखना है आपको कि नाइट के साथ में रुक वाला पौन अगर सिक्स रैंक पे है तो आप जीत सकते हो लेकिन सेवन्थ रैंक पे है तो वो ऑलवेज ड्रॉ होती है ड्रॉ कैसे करनी है ये आपको अच्छी तरह से मैंने बता दिया है तो दोस्तों ये है नाइट पोन की एंडिंग हमने देखा रुक वर्सेस बी और अब हम देखेंगे क्वीन वर्सेस सेवन्थ रैंक पोन दोस्तों क्वीन के सामने अगर सेवन्थ रैंक पौन है तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको कि अगर आपका पॉन रुक वाला पॉन है और ये पॉन यहाँ पे वन मू में क्वीन बन रही है और सामने वाले के पास क्वीन भी है तो भी ये गेम ड्रॉ होगी यहाँ पे आपका किंग जैसे कि ये पोजिशन में है सेवन रैंक में वन मू में क्वीन बन रही है तो ये ऑलवेज ड्रॉ है अगर ये पॉन बिशअ पॉन है तो भी ड्रा है तो रुक पोन और बिसअप पोन मोस्टली ड्रॉ होती है कुछ पोजिशन एक्सेप्शन होती है तो यहाँ पर देखते कैसे ड्रा होगी बिशअप पोन में चेक किंग आपको कॉर्नर में ले जाना है चेक, किंग से पोन को सपोर्ट करना है चेक। अब यहाँ पे आपको दोस्तों किंग को कॉर्नर में ले लेना है अपने पोन को छोड़ देना है मरने के लिए छोड़ देना है अगर वो आपके पोन को कैप्चर करता है तो स्टेलमेट हो जाएगी और नहीं कैप्चर करता है तो आप थ्रेड दे रहे हो कि नेक्स्ट मूवेंट में क्वीन बना रहा हूँ तो ये ऑलवेज ड्रॉ होती है कुछ पोजिशन एक्सेप्शन है वो मैं बाद में बताऊँगा तो चलिए देखते हैं बिशप पोन और रूक पोन ऑलवेज ड्रो अगेंस्ट क्वीन लेकिन नाइट पोन किंग पोन और क्वीन पोन मतलब जो फाइल में है नाइट वाली फाइल में पोन होता है उसे हम नाइट पोन कहेंगे तो नाइट पोन किंग पोन क्वीन पोन ये ऑलवेज विन है क्वीन के लिए ना कि पोन के लिए ये ध्यान रखना है अब देखो हम यहाँ पर कैसे विन करेंगे तो सबसे पहले क्वीन वर्सेस पॉन वन मूव में सामने वाला चैलेंज करता है कि मैं क्वीन बनाता हूं तो उसे आपको विन कैसे करना है तो सबसे पहले आपको क्लोज आने हैं चेक किंग जीवन अब जैसे ही सामने वाले का किंग पॉन के पीछे दबता है तब आपको किंग चलाने का मौका आएगा क्योंकि वो नेक्स्ट मूव में क्वीन नहीं बना सकता अब वो क्वीन बनाने के लिए किंग चलेगा तब आपको क्लोज चेक देना है वापस अगर किंग इधर आता है फिर चेक देना है फिर से आप किंग यहाँ से चेक देते हैं अब किंग इधर आएगा अब आपको पॉन को कैप्चर करने के लिए अटैक करना है अब आप अटैक करोगे तो वो उसे बचाने के लिए सपोर्ट करेगा सपोर्ट करते ही आप ऐसे चेक देंगे किंग जीवन आएगा और फिर आपको किंग चलाने का ऐसे मौका मिलेगा तो वन बाय वन आपो ऐसे ऐसे करके चेक अगर किंग ऊपर आता है तो यहाँ से चेक किंग इधर आता है तो क्लोज चेक और फिर फोन पे अटैक और फिर से चेक किंग कॉर्नर में और फिर किंग चलाने का मौका मिल इधर आया वापस से हम वही ट्रिक यूज़ करेंगे चेक और किंग ऊपर अगर बाहर निकलता है तो फिर से हम चेक देंगे इधर आता है तो हम यहाँ पे एक बार अगर चेक नहीं दे सकते तो फोन को पिन कर देंगे अगर वो मुँह करता है तो फिर क्वीन से चेक इसे बचाना है तो इधर ही आना पड़ेगा और हम किंग इधर ले आएंगे और फाइनली यहाँ से चेकमेट कर सकते हो तो दोस्तों ये क्वीन वर्सेस सेवन रेंक पॉन की स्ट्रेटेजी थी मैं बहुत सारी एंड गेम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आने वाला हूँ तो तब तक के लिए इतना काफ़ी कुछ प्रैक्टिस करके आप अच्छी तरह से सीख लीजिए और मेरे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकॉन दबा दीजिए और आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो ऐसे ही बहुत सारे ढेर सारे वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूँगा तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय गुजरात